आज मैं आपके सामने फिर से एक कैंपस सिलेक्शन के बारे में जानकारी लेके आया हुआ हूँ जो कि जेबीएम ग्रुप से निकली हुई है ये जेबीएम ग्रुप है क्या चीज ये जय भारत मारुति लिमिटेड सीआईडीसी, आई अहमदाबाद गुजरात की ओर से ये वैकेंसी आई हुई है इसमें टोटल सीट seat 680 सीट्स हैं ये जो वैकेंसीज हैं ये परमानेंट जॉब है अब हम इसका डिटेल जानेंगे जे बी एम रिक्रूटमेंट टू थाउजेंड ट्वेंटी था। कैंपस प्लेसमेंट आई, आई डायरेक्ट भर्ती जय भारत मारुति ये जो कंपनी है गुजरात में है और ये जो कैंपस हो रहा है ये बिहार राज्य में हो रहा है के द्वारा बिहार राज्य के एक आई, आई में आई, आई के छात्रों के लिए कैंपस प्लेसमेंट के लिए आ रही इच्छुक अभ्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंपनी का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है जॉब लोकेशन गुजरात है सैलरी है सिक्सटीन थाउजेंड सेवेंटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड पर मंथ सैलरी है बाय हैंड आपको फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मिलेगा एक्स्ट्रा बेनिफिट से वन थाउजेंड अटेंडेंस अवार्ड एक्स्ट्रा वर्किंग आवर ट्वेल्थ हावर है इसके बाद में हम देखेंगे एलिजिबिलिटी ITI पास मेल कैंडिडेट ओनली अप्लाई फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों ही कैंडिडेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज की क्राइटेरिया क्या है मिनिमम अठारह साल मैक्सिमम चालीस साल अठारह से चालीस साल वाले इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कौन कौन सी टेट इलेक्ट्रीशियन फिटर मकैनिक डीजल टर्नर वेल्डर टोटल सीट्स हैं सिक्स इसके बाद में हम देखेंगे कैंपस प्लेसमेंट की डेट क्या है 13 अप्रैल 2022 को कैंपस प्लेसमेंट की जगह पे लगना है ये मगध प्राइवेट आईटीआई मगधपुर मदनपुर मोड़ गया बिहार ये जो कैंपस है इस आईटीआई आई में बिहार में लगने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू जेबीएम कैंपस प्लेसमेंट डाक्यूमेंट रिक्वायर्स आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो आप देख लीजिए एक आपको रिज्यूम ले जाना है टेंड एंड आईटीआई आई, आई मार्कशीट सर्टिफिकेट प्लस आधार कार्ड पैन कार्ड चार कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बाकी हेल्पलाइन नंबर्स आपके सामने दिया हुआ है नाइन थ्री जीरो एट टू नाइन सिक्स नाइन 4701390. ईमेल आईडी आपके सामने दी हुई है मगध प्राइवेट पी वी टी गया एट द रेट जो भी कैंडिडेट इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वह दिए गए कैंपस के प्लेसमेंट में दी गई डेट पर उपस्थित होकर इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं